बड़वारा थाना इलाके में हाल ही में हुए हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटों के भीतर ही खुलासा कर दिया है नाई की दुकान में युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बताया जा रहा है कि पैसे के लेनदेन को लेकर आरोपियों ने युवक की हत्या की थी फिलहाल आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया गया है हाल ही में बड़वारा थाने इलाके के मुहास ग्राम में नाई की दुकान पर एक युवक की हत्या की घटना सामने आई थी सरेआम कत्ल होने के बाद क्षेत्र में भी सनसनी मच गई थी हालांकि बड़वारा पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार में ले लिया है इस पूरे मामले पर बड़वारा थाना प्रभारी अंकित मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इक्कीस अगस्त को बड़वारा थाना क्षेत्र के मुहास ग्राम में एक युवक के साथ मारपीट होने की सूचना मिली थी जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची जहा एक नाई की दुकान पर चेतन मिश्रा नाम का युवक खून से लथपथ गंभीर अवस्था में मिला जिसे तुरंत उपचार के लिए 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने चेतन मिश्रा को मृत घोषित कर दिया परिजनों की शिकायत पर चार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद पूरे मामले की बारीकी से जांच शुरू की गई और आरोपियों की तलाश की जा रही थी इसी दौरान मुखबीर से आरोपियों को मुंडेरा ग्राम के आस देखे जाने की सूचना मिली जिसके बाद तुरंत मौके पर दबिश दी गई जहां शासकीय स्कूल के पीछे आरोपी रोहित सेन सोनू सेन मोहित सेन और मोनू सेन छुपकर बैठे हुए थे जिन्हें घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया पैसे के लेनदेन को लेकर मृतक चेतन मिश्रा के ऊपर हमने लाठी डंडे और धादार हथियार से हमला किया था जिसके बाद उसकी मौत हो गई हत्या में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी आरोपियों के पास से बरामद किए गए हैं शाम छह बजे से सात बजे के बीच ग्राम मुहास में चेतन मिश्रा पिता राम स्नेही मिश्रा उम्र 32 साल निवासी मोहास को रोहित सेन सोनू सेन मोहित सेन और मोनू सैन ने पैसे के लेनदेन की बात को लेकर रोहित सेन की कटिंग सेल्यून की दुकान में लाकर उसके साथ अस्तरा एवं हथौड़ी तथा डंडे से मारपीट की गई थी जिसे इलाज हेतु उसके भाई कैलाश मिश्रा द्वारा जिला अस्पताल कटनी ले जाया गया था यहाँ उसकी मृत्यु हो जाने से मैं अपराध धारा 302 सौ दो चौंतीस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विचना में लिया गया तथा तो आरोपियों की तलाश पता साझी की गई थी जिन्हें सभी आरोपियों को अल्दनाम कितने इतने को गिरफ्तार किया जाकर आज न्यायालय पेश किया गया है